वो पहली दफ़ा तेरा मुस्कराना याद आता है याद आता है वो नजरें मिला के दिल को चुराना याद आता है याद आता है वो तीखी तीखी नज़रों से बिजली गिराना याद आता है याद आता है वो नादानियों में शराते करना। याद आता है याद आता है वो पहली दफा तेरा मुस्कुराना याद आता है याद आता है कम को जो पी जाए वो चेहरा तेरा याद आता है याद आता है खुट्टी जो सांसों को खुद की सासे जाए वो लम्हा तेरा याद आता है याद आता है याद